अगर आप भी सस्ते माउस वगैरह लेते हैं बजट चीज़ों को लेते हैं तो इस वीडियो को एक बार ध्यान से ज़रूर देखिएगा हमने भी एक बजट माउस खरीदा था यहाँ पर यह देख पा रहे होंगे वायरलेस माउस है जो कि लगभग मुझे पड़ा था तीन चार सौ के समथिंग तो इसको हमने परचेस किए हुए हम उनको लगभग एक महीने हो चुके हैं लेकिन एक महीने के अंदर ही इसने रंग दिखाना शुरू कर दिया है भी फिलहाल ये हमारे लैपटॉप में कनेक्ट भी नहीं हो रहा है और इसको हम बिना डोंगल के कनेक्ट के और डोंगल है और इसको बिना डोंगल के हम कनेक्ट करते हैं तभी ये चालू हो जा रहा है जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जब तक हम डोंगल को नहीं कनेक्ट करेंगे मतलब लैपटॉप में तब तक इसको चालू नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर आप देख पा ये कंटिन्यूसली एकदम ब्लिक भी नहीं कर रहा है चूँकि जब मतलब ब्लिक करता है तभी माउस बर्क करता है तो यहाँ पर मैं आपको एक बार कनेक्ट करके भी दिखा दिखाते यहाँ पर देख पा पाऊँगे चालू हो चुका है जबकि हमारा डोंगल यहाँ पर है अब मैं बैक कैमरे से वहाँ पर दिखा देता हूँ आपको वहाँ पर अभी माउस को कनेक्ट करूँगा इसको डोंगल को दिन देखते हैं कि वर्क करेगा या फिर नहीं करेगा हम हाँ ऑलरेडी वर्क नहीं कर रहा है लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि मतलब जो भी बजट माउस बनाते हैं तो कम से कम इतना अच्छा बना दो यार कि कम से कम चार पाँच महीने तो चल ही जाए एक महीने में ख़त्म हो जा रहे हैं इसको हम चलते हैं डोंगल को हम कनेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूं कि है फिर भी नहीं चल रहा है तो हम चलिए बैक कैमरे को ओपन करते हैं अपने देन आपको दिखाते हैं देन इसको हम यहां पर कनेक्ट करते हैं ये हो कनेक्ट हो गया है अब देन यहां पर आप देख पा रहे होंगे माउस हमारे सामने है डोंगल कनेक्ट हो चुका है अभी यहाँ पर आवाज आई थी तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर माउस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे माउस है कर्सर है और यहाँ पर ये यह माउस रहा इसको हम घुमा फिरा रहे हैं लेकिन ये काम नहीं कर रहा है तो होता है जब भी हम बजट कोई चीज़ लेते हैं तो मतलब हमें तो लगता है कि मतलब हम फायदे में पड़ गए हैं लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है बजट वाली चीज़ बजट की तरह ही मतलब काम करती हैं इस पर मुझे गुस्सा आ रहा है मैं ऐसे मरोड़ दूँ मतलब तोड़ फोड़ दूँ लेकिन इसको मैं सोच रहा हूँ कि एक बार खोल के चेक करूँगा कोई प्रॉब्लम हो गई थी ठीक है वरना तो यह जाएगा भूसे गए डेर में ही तो यही था बजट ले करके बहुत गु़स्सा लग रही है यार कम से कम 100-200 और दिया होता लगभग पाँच तक तो कोई ब्रांडेड मिल जाता हो सकता है साल छः महीने तो चल जाता है दे दिए हैं फिर भी एक महीने भी ठीक से नहीं चला इतने में ही खराब हो गया है तो अगर आप भी लेने जा रहे हैं कोई बजट माउस या फिर बजट कोई लैपटॉप वगैरह तो एक बार सोच समझ के लीजिएगा